कि सारी रात उसे छूने से डरता रहा सारी रात उसे छूने से डरता रहा, मैं बेबस बेचैन बस करवटे बदलता रहा और हाथ तो मेरा ही था उसके हाथ में बस बात ये है कि किसी कि कि कि कि और का चलता रहा